आज हम बात करने वाले हैं अपने पीएफ अकाउंट में अपना पैन नंबर और अकाउंट नंबर को बैंक अकाउंट नंबर को कैसे ऐड किया जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पीएफ अकाउंट पीएफ नंबर तो होता है लेकिन उसमें पैन नंबर और आधार नंबर बहुत सारे लोगों को तो पीएफ अकाउंट में मिल जाता है लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पी एफ अकाउंट में मिल जाता है लेकिन उसमें पैन नंबर और अकाउंट नंबर नहीं जुड़ा हुआ होता है तो आज हम जानेंगे कि अपने खुद से मोबाइल से आप अपने पैन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर को कैसे जोड़ेंगे तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे आपके पास जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कीजिए यहाँ हम डेस्कटॉप साइट कर लेंगे ताकि हमें कंप्यूटर जैसा दिखाई दे यहाँ टाइप करेंगे पीएफ इंडिया जैसे आप पी इंडिया टाइप कीजिएगा आपके सामने एक आएगा पीएफ इंडिया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में आपको दिखाई देगा www.epfindia.gov.in डब्ल्यू इस पर क्लिक करना है फिर से एक नया पेज आपके सामने खुल के आएगा यहाँ सर्विस दिख रहा है सर्विस पे क्लिक करना है सर्विस पे क्लिक करने के बाद फॉर एम्प्लॉइज पर क्लिक करें जैसे ही नया पेज खुलेगा तो आपके सामने फिर से फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर पासबुक मेंबर यू एन एनलाइन सर्विस आपको मेंबर यू एन एनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे तो एक दूसरे पेज पे आएंगे यहाँ आपका यू एन नंबर और पासवर्ड मांग रहा है तो हम अपना यू एन नंबर डाल देते हैं यहाँ पर अब यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं फिर यहाँ आपसे कप्चा मांगा जाएगा कैप्चा डालना है जैसे आप कैप्चा डालेंगे यहां साइन इन पे क्लिक करें साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा इसको लेटर कर दें अब देख सकते हैं कि आपका पूरा डिटेल यहां पे शो कर रहा है यहां पर आप देख रहे हैं कि पैन नंबर नोट एवाउंट नोट अवेलेबल बता रहा है चलिए हम इसको एड करते हैं यहाँ आप मैनेज पे क्लिक करेंगे एन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको के आई पे क्लिक करना है जैसे ही आप के पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक पैन पासपोर्ट जो भी आपको ऐड करना है डॉक्यूमेंट तो चलिए हम अपना पहला पैन नंबर ऐड करते हैं तो पैन नंबर डालते हैं हम अपना पैन नंबर डालने के बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे बॉक्स पे टिक करना है उसके बाद सेव पर क्लिक करना है अब देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपको एक ओ आएगा जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको ओ डाल देना है मेरे मोबाइल पे ओ आ गया है हम ओ डाल देते हैं यहाँ हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा केवाईसी डिटेल सेव्ड एंड विल बी सेट ओनली आफ्टर डिजिटल अप्रूव बाय एम्प्लॉयर चलिए मेरा पैन नंबर अब ऐड हो चुका है अब बैंक अकाउंट ऐड करते हैं देखिए यहाँ कस्टमर का नाम आ गया है अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डालते हैं डालते हैं यहाँ वेरीफाई आई एस एस सी का आएगा ऑप्शन करना है देखिए मेरा अकाउंट नंबर वेरीफाई हो गया है और यहाँ बॉक्स पर क्लिक करना है यहाँ पे फिर से क्लिक करना है फिर से आपके वही मोबाइल नंबर पर एक ओ टी जाएगा आप देख सकते हैं कि दोनों हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग में चला गया है देखिए स्टेटस में लिख रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल साइनिंग अब तीन चार दिनों के बाद ये खुद वेरीफाई हो जाएगा तो तब आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रक्रिया थी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा...